हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है आज हम बात करने वाले डी ग्रुप एग्ज़ाम के बारे में कि ये एग्जाम अगस्त में होगा या सितंबर में होगा ये एग्ज़ाम किसी भी हालत में जुलाई में नहीं होने वाला है क्योंकि जो एन का सेवन फेज का एग्ज़ाम था वह जुलाई के अंदर लास्ट के अंदर कंडक्ट के करवाया जाएगा आप देखिए नोटिस तो सभी ने पढ़ लिया होगा क्योंकि ये नोटिस आए हुए चार पाँच दिन हो गए हैं इसके तहत दो पॉइंट अठ अटहत्तर लाख बच्चों का अभी भी सेवन्थ फेज एग्ज़ाम बाकी है जो इसके अंदर कंडक्ट कराने की बात की गई है तेईस चौबीस छब्बीस और इक्कीस जुलाई को ये एग्ज़ाम इन बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा इसके बाद तुरंत डी ग्रुप का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इसी के बारे में आज मैं आपको 100 परसेंट सही बात करने वाले सौ जो मैं आज बताऊँगा वही होगा आप विश्वास करना आपको मैं बता दूँ कि अगर आप डी ग्रुप एन या एसएससी जीडी सी जिड्डी इनमें से किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इन तीन वैकेंसीयों को मिलाकर दो लाख वैकेंसी एक डी ग्रुप के अंदर एक लाख तीन हज़ार एन में पैंतीस हज़ार एस एस में सत्तर हज़ार दो लाख स्टूडेंटों को इसमें जो मिलेगी इनसे संबंधित कोई भी अपडेट चाहते हो तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट मिल सके और दो लाख पदों में से अपनी एक सीट फिक्स कर सके अब बात करते हैं ये फिर कब होने वाला है आपको बता देख देख ले आप यहाँ देख सकते हो कि एक करोड़ बच्चों का लगभग एग्ज़ाम होगा और अब जुलाई के अंदर तो ये एग्ज़ाम किसी हालत में होगा नहीं अब बात करते हैं अगस्त में अगस्त में भी आपका एग्ज़ाम होने का चांस बहुत कम है क्योंकि अगस्त के अंदर एसएससी के एग्ज़ाम कराए जाएँगे और काफ़ी सारी छुट्टियाँ आ जाएगी आपका अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो आपका एग्ज़ाम फिक्स है सितंबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में कंडक्ट करवाया जाएगा क्योंकि अगस्त के अंदर आपका एग्ज़ाम किसी हालत में नहीं हो सकता क्योंकि एसएससी ने अपना पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया है और अगस्त के अंदर एसएससी के सारे एग्ज़ाम कराए जाएंगे टीसीएस ने अब ये देख पा... इसी डेट क्लियर नहीं की क्योंकि एस एग्ज़ाम होने के बाद ही टी आपके सितम्बर में एग्ज़ाम कराएगी क्योंकि सितंबर के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आपके डी ग्रुप के एग्ज़ाम होने वाले हैं और ये नोटिफिकेशन कब आने वाला है मैं ये भी बता दूं आपके 20 अगस्त तक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि अब डी ग्रुप के एग्ज़ाम सितंबर से स्टार्ट होने वाले उससे पहले आपको कोई सूचना नहीं मिलने वाली है इसलिए अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इन तीनों वैकेंसीयों से जुड़ी सारी अपडेट आपको मिल सके कुछ का मानना है कि अब एनटीपीसी का होगा एनटीपीसी का किसी हालत में नहीं होगा अब सिर्फ डायरेक्ट डी ग्रुप का होगा और उसके बाद में एनटीपीसी का जो सेकंड एग्जाम है वो उसके बाद में होगा धन्यवाद